दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टेली प्राइम डाउनलोड कैसे किया जाए टेली प्राइम का फर्स्ट वीडियो है इससे पहले हमारी टेली ई आर की वीडियो आ चुकी है टेली ई आर में किस तरह से हम काम करते हैं अगर वो आपको जानना है टेली ई आर सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है तो आप हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली ईआरपी 9 के लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम के बारे में तो टैली प्राइम को किस तरह से डाउनलोड किया जाए किस तरह से टैली प्राइम पे हम बात करेंगे जल्द ऐसी जल्द इस टेली प्राइम सीरीज का यह पहला वीडियो होगा जिसमे हम बात करेंगे की टेली प्राइम किस तरह से डाउनलोड किया जाए तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे ये हमारा क्रोम ब्राउजर आप मंजिला हो कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं और इस ब्राउजर में आपको सर्च करना है टेली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लिंक पे भी क्लिक करके जा सकते हैं और अब हमें इंटरप्रेस करना है हम इंटरप्रेस करते हैं और वेट करते हैं टेली सोल्यूशन का इंट्रोडक्शन स्क्रीन है तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं टेली के बारे में अगर आपको फर्दर किसी चीज की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं फिलहाल हमें टेली प्राइम डाउनलोड करना है तो हम यहाँ पे जाते हैं यहाँ पे आप देखें राइट साइड में लॉगिन के नीचे आपको ये डाउनलोड का सेक्शन मिल जाता है यहाँ पे हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास न्यू स्क्रीन खुल के आ जाती है जिसमें आप देखें यहाँ पे सबसे ऊपर टेली के, आ, के बारे में लिखा हुआ टेली प्राइम रिलीज 2.1 आप यहां पे क्लिक करके डाउनलोड डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पे पे क्लिक करते हैं आप भी क्लिक करें। जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो आप नीचे की तरफ देखेंगे ये सेटअप डाउनलोड करवा रहा है ये सेटअप हमारे पास डाउनलोड हो गया है अब हम इस सेटअप पे क्लिक करेंगे या तो हम देख लेते हैं की हमारा ये सेटअप जो डाउनलोड हुआ है यहाँ शो इन फोल्डर में जाके आप देख सकते हैं कहाँ पे है वहाँ देख सकते हैं या नहीं तो यही पे आप दो बार क्लिक कर ले और थोड़ा वेट करें तो ये सेटअप आपका ओपन हो जाएगा ये देखिए हमारे पास ये जो सेटअप है ये यहाँ पे आ चुका है टेलीप्राइम सेटअप सेट मैनेजर इंस्टॉल अप्लीकेशन नेम टेलीप्राइम रिलीज का ये आ रहा है पाथ की अगर हम बात करते हैं अप्लीकेशन पाथ तो सी ड्राइव में ये आ रहा है यहाँ पे कन्फिगर के लिए सी का प्रेस करना है मोर एक्शन के लिए ये सब हम एडवांस लेवल में जब बात करेंगे तब देखेंगे यहाँ पे इंस्टॉल पे आप क्लिक करें जैसे हम इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये इंस्टॉल होने के लिए स्क्रीन आ जाती है हम थोड़ा सा वेट कर ले जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है जैसे यहाँ पे इंस्टॉल होता है यानी तो इसने कहा कि आपके डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन ये यहाँ पे देख सकते हैं आप ये यहाँ से आज। पे जो हमारे या नहीं तो आप मैं इसको क्लोज कर देता हूँ अगर आपके डेस्कटॉप पे शॉर्टकट शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे सर्च में देखे यहाँ पे आप सर्च करेंगे और यहाँ पे टेली जब टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखे हमारे इसमें जो टेलीस्टॉल है तो वो भी आ रहा है और यहाँ पे टेली प्राइम भी आ रहा है तो आप यहां से भी ओपन कर सकते हैं या नहीं तो तो अगर अगर आपके डेस्कटॉप पे आइकॉन है शॉर्टकट तो वहां से भी कर सकते हैं हम जैसे शॉर्टकट पे क्लिक करते हैं टेली प्राइम ओपन हो रहा है आप थोड़ा इंतजार करें जब तक कि ये ओपन हो जाए ये है हमारा फर्स्ट स्क्रीन टेलीप्राइम का न्यू टेली है यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है की अगर आपको चेंजेस करने हैं एग्जांपल के लिए अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हो इंडिया के अलावा तो आप वहां से चेंज कर सकते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी आप चेंज कर सकते हैं अगर आप बात चेंज करना चाहो तो आप वो भी चेंज कर सकते हो फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है मैं इंडिया में हूं मुझे कोई भी चीज चेंज नहीं करना और मैं ये सजेस्ट करूंगा की अगर आप न्यू है तो आप चेंज न करें बात आप जरूर देख ले की एक डेटा जो है कहाँ पे सेव हो रहा है एक्सेप्ट करने के लिए आपको या तो माउस से आप क्लिक करें या अपने की बोर्ड पे ए प्रेस कर ले मैं ए प्रेस करता हूँ ये हमारे वेलकम है टेली प्राइम की और इसमें हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं सिलेक्ट वन ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन यहां पे लिखा हुआ है ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशनल मोड उसके बाद यूज लाइसेंस फॉर नेटवर्क अगर आप लाइसेंस ले रखा है तो आपने टेली प्राइम जो है या ईआरपी 9 ये हेड सॉफ्टवेयर है इसको खरीदने के लिए इसको यूज करने के लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है उसके बाद वो आपको लाइसेंस नंबर प्रोवाइड करते हैं जिससे की आप टेली आर बी यूज कर पाते है इसी तरह से तीन चार ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे हमें फिलहाल एजुकेशनल मोड यूज करना है क्योंकि हम टैली सीख रहे हैं टैली ईआरपी 9 एजुकेशनल मोड यूज कर रहे हैं इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है हम आगे बात करेंगे कि इसमें कुछ स्पेसिफिक ऑप्शन जो है आप टैली एजुकेशनल मोड में यूज नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राई फोर फ्री एजुकेशनल पे क्लिक करते हैं यहाँ पे हमारे पास एक न्यू स्क्रीन आ जाती है जिसमें हम कंपनी क्रिएट करने के बारे में पूछा जाता है यहाँ पे कुछ ऑप्शन है आपको दी हुई प्राइम में कंपनी किस तरह से क्रिएट की जाती है मुझे उम्मीद है की वीडियो आपको पसंद होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप हमारे चैनल फास्ट लॉन बेलतम नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें घंटी पे क्लिक करें आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत अपना ख्याल रखिए खुश रहिए थैंक्स फॉर वॉचिंग